रुज्या रुज्या आ रहे सब मिलके मारते हैं भाई रुक जा रुक जा ए भाई रुब जा भी सबको मारते अरे भाई भागा मारा उनका सबका इंगो दिखा के मार दा ए भाई जैसा मोटा दिखा